जय हिंद ये यूपी और सुपर टेड का प्रैक्टिस सेट नंबर एक है जो लोग हमारे अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोज़ पर पहुँच सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर एक का तो प्रश्न नंबर एक है आवृत वितरण को रेखा द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है ऑप्शन ए आकृति बी स्तंभाकृति सी गुम्फाकार आकृति या फिर स्वलिखित आकृति तो पेपर पेन लेकर बैठिए पूरे 150 सवाल होंगे आप लोग हल करिए फिर लास्ट में बताइएगा आपके आपसे कुल कितने प्रश्न सही बने तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्तंभ प्रश्न नंबर दो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए ऑप्शन ए शिक्षण तकनीक पर बी शारीरिक क्षमता पर सी व्यक्तिगत भिन्नता पर या फिर डी पारिवारिक स्थिति पर तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए प्रश्न नंबर तीन अधिगम स्थानांतरण के द्वित दो, दो सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है अधिगम स्थानांतरण के दुई तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है ऑप्शन है थान्डाइक बी सी जेड या फिर डी डीफोर्ड तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर चार सीखी हुई बात सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है आपसेन है पुनः स्मरण बी बी संवेदना या फिर डी स्मृति तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बी स्मृति प्रश्न नंबर पांच व्यक्ति में उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है ऑप्शन ए व्यक्तित्व बी समायोजन सी संवेदना या फिर डी चरित्र तो प्रश्न नंबर पांच का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व कहलाता है प्रश्न नंबर छः सामान्य पुरुष में एक्स वायु गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं ऑप्शन ए डबल एक्स बी एक्स डबल वाई या फिर ट्रिपल एक्स या फिर डी एक्स गुणसूत्र होते हैं तो इसमें बताना है कि महिला में कौन से किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं तो प्रश्न नंबर छः का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र होते हैं अब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि मानव शरीर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं प्रश्न नंबर सात का वह बिंदु जिसके जिसके नीचे समूह समूह के के आधे और के आधे और ऊपर होते हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्यांक प्रश्न नंबर आठ में प्रयत्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ऑप्शन ए ने, ने, ने ने। ने। बी ने, सी सी या फिर डी तो प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन किसके अनुसार बालक का विकास आनुआंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है प्रश्न नंबर दस मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए का बी का, का सी का या फिर डी मैकडूगल का तो प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग्यारह मनोलैंगिक विकास में सु सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है ऑप्शन ए दो से पाँच वर्षों के बीच छः से यौवन तक सी अठारह से बीस वर्षों तक का या फिर डी बीस से बाईस वर्षों का तो प्रश्न नंबर ग्यारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छ से, से यौवन तक का जो काल होता है अंतराल होता है वो सुप्तावस्था के अंतर्गत आता है प्रश्न नंबर बारह विकास के मनो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था आपसेन एरिक्सन ने बी फ्राइड ने सी कोहलर ने या फिर डी वाटसन ने तो प्रश्न नंबर बारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इन ने, ने। प्रश्न नंबर तेरह किसके अनुसार इदम अहम और पराहम व्यक्तित्व के तीन घटक हैं आपसे ने बंडूरा बी युग सी एडलर या फिर डी सिगमन फ्राइड तो प्रश्न नंबर तेरा का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिगमन प्रश्न नंबर चौदह किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भाषा भी अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है ऑप्शन बी ऑप्शनर सी गुथरी या फिर डी थार तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया ऑप्शन बी तो यह बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 15 निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है ऑप्शन ए प्रसार बी बहुलांक सी मध्यांक या फिर डी मध्यमान प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रसार केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है बाकी ये तीनों हैं प्रश्न नंबर 16 औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि या आई कितना होता है ऑप्शन है पचास से उनसठ के बीच बी है सत्तर से नवासी के बीच सी नब्बे से एक सौ नौ के बीच या फिर डी एक सौ दस से एक सौ उन्तीस के बीच प्रश्न नंबर सोलह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नब्बे से एक सौ नौ के बीच होती है बुद्धिलब्ध औसत बुद्धि वाले बालकों की प्रश्न नंबर सत्रह निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है ऑप्शन है नामिक बी अनुपात सी क्रमिक या फिर डी अंतराल तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुपात प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है ऑप्शन ए प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है तो प्रश्न नंबर अठारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोला पी एफ परीक्षण प्रश्न नंबर उन्नीस आवश्यकताओं का पदानुक्रम पदानुक्रम सिद्धांत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? था? ऑप्शन बी मैसलो, सी कोहलर या जो है वो किसने दिया प्रश्न नंबर 19 का सही, तो सही बीस निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथ कहते हैं ऑप्शन है थैराइड ग्रंथ को बी एडल सी को या फिर डी पीयूष ग्रंथी को तो प्रश्न नंबर 20 का यदि आप लोगों ने उत्तर लगाया है ऑप्शन डी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 21 किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत दिया था युग ने फ्राइड ने एडलर ने या फिर सलीवन ने तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए युग ने प्रश्न नंबर 22 अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है दमन का प्रतिगमन का का का का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण तो प्रश्न नंबर 22 सही उत्तर होगा ऑप्शन का प्रश्न नंबर 23 अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था आपस पावला ने पावलाव ने बी थारंड ने टमैन ने या फिर डी स्किनर ने तो प्रश्न नंबर तेईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्कीनर ने प्रश्न नंबर चौबीस स्पियर ने उन्नीस सौ चार के अनुसार तर्क करने के क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है ऑप्शन एस कारक बी जी कारक सी विशिष्ट बुद्धि या फिर डी सांस्कृतिक बुद्धि तो प्रश्न नंबर चौबीस का सही उत्तर ऑप्शन बी जी कारक प्रश्न नंबर पच्चीस बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएँ प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको भी कहा जाता है ऑप्शन ए अभ्यास द्वारा सीखना बी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना सी निरीक्षणात्मक अधिगम या फिर डी पुरस्कार द्वारा सीखना प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखना प्रश्न नंबर 26 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क सिदां की वि औपचारिक सं या फिर डी पूर्व ऑप्शन डी मूर्त संक्रिया अवस्था तो प्रश्न नंबर छब्बीस का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन सी तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 27 जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है ऑप्शन ए समानता बी निरंतरता सी वंशानुक्रम डी तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम प्रश्न नंबर 28 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है आप सही सह द्वारा बी मार्गान्तरीकरण द्वारा सी बिलियन द्वारा या फिर नवीनीकरण द्वारा प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मार्गान्तरीकरण द्वारा प्रश्न नंबर उन्तीस प्रत्ययों का प्रत्यो का बनते रहना एक प्रक्रिया है ऑप्शन ए विषम बी अनियमित सी सामयिक या फिर डी संचयी तो प्रश्न नंबर उन्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संचयी प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है ऑप्शन ए मानसिक बी पुनरावृत्ति का अभाव सी सीखने की मात्रा या फिर डी शिक्षक की योग्यता इसमें बताना है कौन सा भूलने का एक कारण नहीं है तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिक्षण की शिक्षक की योग्यता शिक्षक की योग्यता तो ये जो प्रश्न थे वो सभी बाल विकास से संबंधित है अब हम हिंदी के तीस सवाल हल करेंगे तो प्रश्न नंबर इकतीस है लघुर में कौन सी संधि है इसमें बताना है ऑप्शन ए अयाध है बी दीर्घ स्वर संधि है सी वृद्धि स्वर संधि है या फिर डी स्वर संधि है तो प्रश्न नंबर इकतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लघुर में दीर्घ सुर प्रश्न नंबर बत्तीस कपूर तत्सम है कपूर का तत्सम क्या है इसमें बताना है कपूर शब्द है तत्सम तत्सम है है है है कि कि तद्भव तद्भव ऑप्शन ए बी सी या डी तो तो कपूर बताना कौन सा शब्द तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तद्भव तो तैतीस बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है ऑप्शन भावाचक बी समूह सी जातिवाचक या फिर डी व्यक्तिवाचक बाजार से किस संख्या का बोध होता है यह बताना है तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समूहवाचक प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है ऑप्शन ए गोल बी अधिक सी नुकीला या फिर डी भित्री तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिक प्रश्न नंबर पैतीस मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है ऑप्शन ए सहायक क्रिया बी क्रिया सी नाम बोधक या फिर डी नाम धातु तो प्रश्न नंबर पैंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सहायक क्रिया प्रश्न नंबर छत्तीस यथाशक्ति में कौन समास है आप सन कर्मधार है द्वंद या फिर डी अभ्य तो यथाशक्ति तो में आपको बताना है कौन सा समास होगा तो so, प्रश्न नंबर छत्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अब आजाद शत्रु में कौन सा समास है ऑप्शन है है। तत्पुरुष, या फिर डी बताना में कौन सा समास है तो प्रश्न नंबर सैतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुगरी समास प्रश्न नंबर अड़तीस कौन सा महीना भात पद महीने के बाद आता है ऑप्शन है श्रावण बी अश्विन पौष या फिर डी इसमें बताना है भाद के बाद कौन सा महीना आता है प्रश्न नंबर उनतालीस सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंकने तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता कौन है ऑप्शन है नागार्जुन भी दिनकर सी या फिर डी निराला तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिनकर जी हैं इन पंक्तियों के प्रश्न नंबर 40 प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है ऑप्शन ए उन्नीस बी उन्नीस सी उन्नीस या फिर डी 1941 तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उन्नीस में प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ था प्रश्न नंबर इकतालीस उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी पंक्ति में कौन सा अलग अलंकार है ऑप्शन ए यमक भी रूपक प्रश्न नंबर बयालीस एक मुह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ है आप सन अत्यधिक बातें करना भी बहुत कम बोलना सी अपनी बात से पलट जाना या फिर डी बात बनाना तो एक मुह दो बातों का क्या का होगा जल्दी से बता दीजिए प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपनी बात से पलट जाना प्रश्न नंबर तैतालीस प्रत्येक चरण में सोलह मात्राओं वाला चरणों का सम मात्रिक छंद कौन सा है ऑप्शन ए दोहा बी फिर डी चौपाई प्रत्येक चरण में सोलह मात्राओं वाला चार चरणों का सममात्रिक कहलाता है तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चौपाई प्रश्न नंबर 44 अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी पंक्त में कौन सा रस है ऑप्शन एक करुण बी शांत श्रृंगार या फिर डी वात्सल्य इसमें रस बताना है तो प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस प्रश्न नंबर 45 अंधा कुआ नाटक के लेखक कौन हैं ऑप्शन ए मोहन राकेश बी विष्णु प्रभाकर सी जगदीश चंद्र माथुर या फिर डी लक्ष्मी नारायण लाल तो अंधा कुआ नाटक के जो लेखक हैं प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल प्रश्न नंबर 46 आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन ए ई इक आ या फिर बड़ी तो प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बड़ा का प्रयोग किया जाएगा आज को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए आज में बड़ा आ लग जाएगा तो आजा बन जाएगा आजा माने बताना है आपको क्या होता है कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर किस उपकरण में में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है ऑप्शन ए ओवरहेड जिसे प्रोजेक्टर कहते हैं बी स्लाइड सी या फिर डी फिल्म में। तो प्रश्न नंबर सैतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में प्रश्न नंबर अड़तालीस मौन पठन के विषय में धारणा है ऑप्शन ए इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है बी है एकाग्र चित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है सी पढ़ने की ध्वनि पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है डी इसे आधर्श वाचन के तुरंत बात किया जाता है तो प्रश्न नंबर अड़तालीस का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर अड़तालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एकाग्र चित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है प्रश्न नंबर उनचास नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ ऑप्शन ए इलाहाबाद से बी लखनऊ से सी कलकत्ता से या फिर डी दिल्ली से तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद से प्रश्न नंबर 50 अयोग वाह कहा जाता है ऑप्शन ए विसर्ग को बी महाप्राण को सी संयुक्त व्यंजन को या फिर डी अल्प को तो प्रश्न नंबर, नंबर पचास का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विसर्ग को कहा जाता है अयोग प्रश्न नंबर इक्यावन वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए ऑप्शन ए नौ इंच बी दस इंच सी ग्यारह इंच या डी बारह इंच तो प्रश्न नंबर इक्यावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी बारह इंच प्रश्न नंबर बावन तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं ऑप्शन ए निराला बी नागार्जुन सी रघुवीर सहा या फिर डी मुक्ति तो प्रश्न नंबर बावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुक्ति की ये रच लाइनें हैं प्रश्न नंबर वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है रचियता रच रच रच या फिर प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर चौवन कर्म कारक का चिन्ह है ऑप्शन एन ने बी से द्वारा सी को या फिर डी को के लिए हेतु तो प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी को प्रश्न नंबर समाज की की स्थापना किसने थी ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने ने ने बी राजाराम सी भारतेंदु या फिर डी केशव चंद्र सेन ने तो प्रश्न नंबर पचपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी प्रश्न नंबर छप्पन तदय शब्द का संचेद क्या होगा ऑप्शन ए तथा तथा तथा तथा प्लस प्लस प्लस प्लस एओ एओ एओ एओ या फिर तथा प्लस तो इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तथा प्लस एओ प्रश्न नंबर 57 चरण कमल बंधो हरिराई उपरुक्त तो पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा बी यमक सी रूपक या फिर डी उपमा तो प्रश्न नंबर सत्तावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूपक प्रश्न नंबर होई वाचाल पंगु चढ़े गिर गहन जासुकृपा सुदयाल द्रवह सकल कलिमल दहन में बताना है कौन सा छंद है ऑप्शन है दोहा बी चौपाई सी सोरठा या फिर डी रोला तो प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोला मधुलिका किस कहानी की पात्र है ऑप्शन ए आकाशदीप बी इंद्रजाल सी गुंडा या फिर डी पुरस्कार किस कहानी की पात्र है यह बताना है तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुरस्कार की प्रश्न नंबर साठ आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर बी मन्नू भंडारी सी मोहन राकेश या फिर डी निर्मल वर्मा तो प्रश्न नंबर साठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहन राकेश तो प्रश्न नंबर साठ प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न था अब आपको बताना है आपको वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार